जय हिंद ये बाल विकास का सेकंड पार्ट है चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं ऑप्शन एक है भाषा विकास के लिए बी है यौन विकास के लिए सी है संज्ञानात्मक विकास के लिए या फिर डी सामाजिक विकास के लिए इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को बताना है तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास के लिए पियाजे जाने जाते हैं प्रश्न नंबर दो इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है ऑप्शन एक उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं बी उच्च आत्मक्षमता ऑप्शन सी निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं या फिर ऑप्शन डी दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं प्रश्न नंबर तीन निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है ऑप्शन एक सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं बी विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं सी सभी विकास परिपक्न तथा अनुभव की अंतर परिणाम होते हैं या फिर ऑप्शन डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चार क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ऑप्शन एक है पावलाव ने दो स्किनर ने सी थॉर्नडाइक ने या फिर डी कोहलर ने इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को बताना है तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी स्किनर स्किनर स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्रश्न नंबर पांच निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है ऑप्शन ए एसारी चिंतन बी अभिसारी चिंतन सी सावेिक चिंतन डी अहमवादी चिंतन इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए अबसारी चिंतन ऑप्शन ए अबसारी चिंतन प्रश्न नंबर छ शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके ऑप्शन ए चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो ऑप्शन बी तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया ऑप्शन सी काम जल्दी पूरा करो तुम मुंह तो तुम्हें एक ट्रॉफ़ी मिलेगी ऑप्शन डी इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे बताइए प्रश्न का सही जवाब क्या होगा तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे प्रश्न नंबर सात निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है ऑप्शन ए तत्परता का नियम बी तनाव का नियम सी प्रभाव का नियम या फिर डी अभ्यास का नियम इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तनाव का नियम तनाव का नियम नहीं बाकी तीनों नियम हैं सीखने के प्रश्न नंबर आठ सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पाव ने प्रयोग किया था किस पर प्रयोग किया था ऑप्शन ए बिल्ली पर ऑप्शन बी कुत्ते पर सी बंदर पर या फिर डी चूहे पर बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कुत्ते पर प्रश्न नंबर नौ सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ऑप्शन ए थानाइग ने बी कोहलर ने सी पावलाओ ने या फिर डी उडोर्थ ने इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कोहलर ने प्रश्न नंबर 10 कार्य को आरम्भ करने जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ऑप्शन ए प्रेरणा कहते हैं बी संवेदना कहते हैं सी सीखना कहते हैं या फिर डी प्रतिक्षीकरण कहते हैं इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए प्रेरणा कहते हैं वायुगोषि के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं ऑप्शन ए बच्चे अपने प्रतिवर्धकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं ऑप्शन बी बच्चे स्वभाव से बहुत बातुनी होते हैं इसलिए बोलते हैं ऑप्शन सी बच्चे अहम केंद्रित होते हैं या फिर ऑप्शन डी बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं क्रोध व भय किस प्रकार के हैं क्या ये ऑप्शन अभिप्रेरणा है बी संवेद है सी परिकल्पना है या फिर डी मूल प्रवृत्ति है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी संवेक प्रश्न नंबर तेरह दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है क्या कहलाती है वो क्या ऑप्शन ए सीखना कहलाती है बी अनुकरण कहलाती है सी कल्पना कहलाती है या फिर डी चिंतन कहलाता है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुकरण प्रश्न नंबर चौदह यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं ऑप्शन ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण ऑप्शन सी प्रशिक्षण स्थानांतरण या फिर ऑप्शन डी सीखना इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण प्रश्न नंबर 15 सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं ऑप्शन ए कल्पना ऑप्शन बी स्मृति ऑप्शन सी बी स्मृति या फिर ऑप्शन डी ध्यान तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी स्मृति प्रश्न नंबर 16 अधिकम असक्तता वाले ऑप्शन ए बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है बच्चे दृश्य शब्दों साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं बच्चों का मानसिक विकास मंद हो जाता है या फिर ऑप्शन डी बच्चे निम्न बुद्धि लब्ध वाले होते हैं इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम हो जाता है प्रश्न नंबर 17। सृजनात्मकता क्या है बुद्धि के एक प्रकार जो उस कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं ऑप्शन बी बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है ऑप्शन सी समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता या फिर ऑप्शन डी तो त्मकता दोषो के ऊपर बुद्धि ऊपर की बुद्धि लब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्रश्न नंबर अठारह एक प्रभावी कक्षा अच्छा में क्या होता है बताइए ऑप्शन ए बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हित शिक्षक से सहायता लेते हैं या फिर बच्चे हमेशा उत्सुक व तैयार रहते हैं क्योंकि उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकरण करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है या फिर ऑप्शन सी बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है या फिर ऑप्शन डी बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है व्यवसाय है करते हैं इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को बताना है इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ये है बच्चे अपने अधिगम को सुगम और सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु तो शिक्षक से सहायता लेते हैं प्रश्न नंबर 19 अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का ऑप्शन सी संवेदिक गतिक अवस्था का या फिर ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का इस प्रश्न का सही जवाब है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का प्रश्न नंबर 20 गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी ऑप्शन ए फ्रांच ब्रेंटानो ने ऑप्शन बी मैक्स वरदाइमर ने ऑप्शन सी एडगर रूबिन ने या फिर ऑप्शन डी कर्ट लेविन ने तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी मैक्स वरदाइमर ने नंबर 21. इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है आपको नहीं है ऑप्शन ए विकास संशोधन होता है। ऑप्शन बी विकास केवल से शासित और निर्धारित होता है ऑप्शन सी विकास जीवन पर्यत्त होता है या फिर ऑप्शन डी विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण से प्रभावित होता है प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विकास का यही सिद्धांत नहीं है बाकी तीनों सिद्धांत विकास के हैं प्रश्न नंबर 22 बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ऑप्शन ए की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है ऑप्शन बी शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है या फिर ऑप्शन डी शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ पर बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है या फिर ऑप्शन डी शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करने लगते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है प्रश्न नंबर 23। शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों को आकलन एवं अंतर्दृष्टि का विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है ऑप्शन ये है जब विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रवन करना है बी उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना या फिर ऑप्शन डी कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमजोर विद्यार्थियों के लिए समूह बनाना इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना प्रश्न नंबर 24 चौबीस आयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था ऑप्शन ए हल ने बी थारन ने सी स्किनर ने या फिर डी वाटसन ने इस प्रश्न का सही जवाब है स्किनर। स्किनर ने दिया था आयोजित अधिगम का प्रत्यय नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत आता आता है आता है परिवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत ऑप्शन ए 11 से 18 वर्ष बी 18 से 24 वर्ष सी जन्म से 6 वर्ष या फिर डी 6 से 11 वर्ष इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 6 से 11 वर्ष वंचित प्रश्न नंबर 26 वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए इसका अभिप्राय क्या है क्या कक्षा समावेशी हो जाएगी या बी विशेष शिक्षा हो जाएगी सी एकीकृत शिक्षा हो जाएगी या फिर डी अपवर्जक शिक्षा हो जाएगी बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यह समावेशी शिक्षा कहलाएगी प्रश्न नंबर 27 आठ वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष के है उसकी बुद्धिब्धि कितनी होगी ऑप्शन ए 80 बी 100 सी 110 या फिर डी 125 इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 125 प्रश्न नंबर 28 सम्यक का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि सम्यगात्मक अनुभव सम्यगात्मक व्यवहार पर आधारित है ऑप्शन ए जेम्स एंड लैंग सिद्धांत ऑप्शन बी हाइपोथैमिक सिद्धांत सी सक्रियता का सिद्धांत या फिर डी अभिप्रेरण का सिद्धांत अभिप्रेरण का सिद्धांत इस प्रश्न का, का सही जवाब है ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत जेम्स लैंग सिद्धांत नंबर उन्तीस पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा ऑप्शन ए भाषा बी सामाजिक अनुभव सी या फिर डी क्रियाकलाप बताइए का सही जवाब क्या होगा तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सामाजिक अनुभव सामाजिक अनुभव प्रश्न नंबर तीस और इस मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में वायुगोष तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता क्या है आप स्नेह व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना ऑप्शन बी बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका ऑप्शन सी भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण या फिर ऑप्शन डी ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की संकल्पना इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में और इस प्रश्न का हम जवाब देंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद